पुण्य का करता है पुण्य क्या है पाप क्या है गुरुदेव किसी जीव का दुख दूर करना उसे सुख पहुंचाना उससे प्रेम करना यही पुण्य है यही धर्म है और किसी को पीड़ा देना किसी का मन दुखाना यही अधर्म है यही पाप है प्रेम ही पुण्य है घृणा ही पाप है